कृषि मंत्री कमल पटेल कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिले पटेल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर छात्रों को आश्वस्त किया है और कहा कि जल्द ही प्रमुखता के आधार पर इन मांगों का निराकरण किया जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतन सुखाड़िया के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और ग्वालियर के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री कमल पटेल के भोपाल स्थित उनके निवास पर मिले विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के साथ छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री पटेल के सामने दोनों विश्वविद्यालयों में अपनी चार सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा मंत्री पटेल ने मांगों के प्रस्ताव पर आश्वस्त किया कि शीघ्र ही आपकी मांगों का प्रमुखता के आधार पर निराकरण किया जाएगा पटेल ने कहा मैं अधिकारियों से चर्चा कर आपकी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल के छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं इन मांगों में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अधिनियमों के विरुद्ध की जा रही अनियमितता के साथ राज्य शासन द्वारा पीएचटी की परीक्षा सितम्बर अक्टूबर माह के स्थान पर मई जून माह में किए जाने और स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिलिंग बनाने प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निकाली जा रही भर्ती परीक्षाओं में आई एवं आर वी एस व जे विश्वविद्यालयों एवं अन्य राज्यों के राज्य शासन के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को ही अनुमति दिए जाना प्रमुख है